हरिओम सदगुरु के साथ गुरु की वाणी वाणी आकाश वाणी तुर्की वाणी अमृत वाणी हस्ती गुम करना ज्ञानी जो है ना अपनी मस्ती में चलता है सच की जस्मी सच की सच क्या है कि मैं दे नहीं मैं आ गया इस वचन का निश्चय पक्का किए गया सारा ज्ञान अधूरा है वचन दिन दे कोई बात नहीं गुरु का हाथ पकड़ो चलते रहो समएगा समाएगा, समाएगा। यह भी अनुभव होगा कि मैं दे नहीं ज्ञानी जो है ना वो अपनी मस्ती में चल है सच की मस्ती की मस्ती भीतर है मौन की मस्ती है तृप्ति की मस्ती है शुक्रवे की मस्ती उसको डरने में ऐसे ही तुम कौन सी हस्ती करते अभी जो हस्ती है वो देस की जो हस्ती नहीं अभी जो हस्ती है वो देस की है जो हकीकत में हस्ती नहीं दे अध्यास की हस्ती क्या है i am something mujhe jaldi me kar sakta y hankare chopa mahaprabha andar mein kya i can do this le mere sathi a dhe sakte hain mochna kar mai karshta है मैंने उसका मदद किया मैंने काम किया, मैंने किया मैं में सबसे बड़ा तेरा है। याद रखना पहले इस रहते हम रह कर रहे। पहुंच हम अपने अहंकार की हस्ती को रुक कर जैसे जैसे करके ज्ञानियां गुरु भगवान है दृष्टि जो रोज देता है सुथरे हो क्यों बैठे असुरी स्वभाव वाला होता है मैंने ये किया असुर स्वभाव वाला होता है मैंने ये किया मैंने ये नहीं किया डूर बना है तुम्हारे अंदर में तुम्हारे स्वभाव में डुअर बने पर तुमको कभी शांति नहीं आएगी और याद रखना बने किसी संज नहीं निकलेगा तो। जब भी तुम डुअर नहीं है जब भी तुम अकड़ता जब ये तुम तो इस बात की हो, हो, हो, तो कर हो जाता है। तो याद रखना उसका उल्टा नहीं निकलेगा मैं जानता मैं करता था दुअर पर तो सेवा भी करेगा तो सेवा निष्का में नहीं जाएगी। हम झूठा साइंस भी करेंगे तो भी दर्द नहीं है ये मेरे गुरु की बात है माना माना कोई सांसने में अनुरूपिया आ जाता है और गुरु से से फल भी कभी उल्टा नहीं निकलेगा क्योंकि भावना की भक्ति है, भावना का लगा ओ मेरा तन मन जीवन सुन उठे कोई ऐसी लगन लगा जीवन पथ पर थका मारग चला नहीं जाता हाथ कोई ऐसी लगन लगा मेरा उठे कोई ऐसी लगन लगा अगर तुम को फल की इच्छा नहीं है तो तुम दुआ नहीं है अगर तुमको फल की इच्छा नहीं है तो तुम नहीं तो तुम राजा हो मालिक खुद अगर तुमको फल की इच्छा नहीं है, सच्चा दुष्का में कोई नहीं है जो बोले कि मैं नहीं हूं सच्चा दुष्कर्मी कोई नहीं, नहीं जो बोले मैं न्याय परमात्मा नहीं, नहीं, नहीं करता है नहीं नहीं ज़िंदगी ज़िंदगी कोई भी बसा होके चल नहीं बिंदगी कोई भी वसा नीवा होके चल मिले नीवे अनुराब मिल नीवा होके छ नहीं हो जिंदगी नहीं ज़िंदगी कोई बसा नीवा होके छ जिंदगी नहीं जिंदगी कोई भी वसा नीव होके छ सच्चा जमी कोई नहीं है जो बोले मैं नहीं तुम बोलते है हूँ भगवान किया मैंने अच्छा अपने मन को ही कोई बाहर नहीं बोलते ज्ञान में आगे हो ज्ञानियों की सभा में ज्ञानियों की संगत में है ऐसे कैसे बोल सकते है? कि मैंने उधर अच्छा काम किया मैंने निष्का लेकिन अगर तुमने मन को भी खोला तो भी तुम्हारा कर्म एड हो गया अगर तुमने अपने मन को भी कहा किसान याद रखना कर्म एड हो मुख की मोर देवता बनाती मन की मौत भगवान बनाती का का बाहर बाहर से से कुछ नहीं चाहिए गुरु मंत्र कुछ नहीं चाहिए गुरु मंत्र दुनिया आएगी तुम उस लालच में अटक गए तुम गिर गए लोग आए तुम्हें चेक कर अगर तो उस माया में अटक गया याद रखना तो गिर गया तो मंजिल से रस्ते में ही ये फैसल जगत का क्या है जगत तो माया है जगत का क्या है जगत सबस जगदीश जगदीश से मिलने का स्थान सबसे पहले तेरा अंतर तेरा कुछ नीचे एक है। कुछ एक है, होगा, ऐसा होगा। याद जरूर होगा जो अंतर में गुरु में पूरी श्रद्धा रखे बैठा जिसने अपना आप में गुरु को अर्पण कर दिया उसके जीवन में जरूर होगा जिसके मन में नए उसकी कोई बात नहीं बनती परमात्मा अगर आगर में में डाले, तो इस से कुछ नहीं, हो सकता था। अच्छा ईश्वरी हमारे अंदर प्रेरणा डालता है जो कर्म पूरा होता है कर्म कंप्लीट होता है और कर्म कंप्लीट होने के बाद अगर तो उसका बन के बैठ जाता है कि मैंने मेरे से ही हुआ है कभी तो पास हो सोचा कभी तो पास हो सोचा कभी तो, तो भी अपने भीतर अपने गुरु को देख बस कभी तो भीतर अपने अपने सजन जैसे जगत में व्यवहार करता है वैसे गुरु के साथ भी आज नहीं तो कर तो फिर है जितना तेरा पुण्यक्रम है उतना ही संब तेरा पुण्य क्रम खत्म हुआ प्रकृति ऐसा फिर फेरी बार हो जाए याद कुछ नहीं चाहिए ये ये गुरु मंत्र है हमारे में प्रेरणा न डाले शक्ति न शक्ति तो याद रखना संसार शरीर कुछ नहीं कर सकता उसकी प्रेरणा से सब हो रहा है हम बोलते हैं मैंने किया आप ही हम अपना डोवर पर डालते हैं तो बंधन में बंधते जाते दुनिया में सारा सब बंधन में है, है नारायण जिस तपस्या है प्रेम मारे के लिए कोई तपस्या नहीं जिसके अंदर में प्रेम है उसके लिए कोई तपस्या नहीं वो तो अपनी लगन में अपनी मस्ती नहीं अपनी सच्चाई में चलता जाता है प्रकृति उसको हर ध्यान से देखती सच की ओर नी पहन के बैठ गया क्या इसका कल राइट है शब्द राइट है क्या इसकी भावना राइट है प्रकृति गवाह है याद है माया का परमात्मा समझ के मत बैठ जाता है। चाहे सत्कर्म करें चाहे बल कर्म अभिमान तो है ही अंदर में जहा मैं आई तो याद रखना फल उल्टा निकलेगा जहां मैं आई तो याद रखना फल उल्टा निकलेगा तुम तो भी किस कर किसका निष्काम करो फल क्यों नहीं निकलता है जितना हमारा एक शरद से निकलता है बहुत इसुजर। बहुत इसुजर। गुरु कहता है है है तुम किसका कितना पर क्यों नहीं निकलता जितना एक शब्द से निकलता है तपस्या तपस्या तपस्या ज्ञान के पद से पहले बहुत बड़ी तपस्या है सबकर्म ऐसे बहुत करते हैं तीरथ तत्त्व धान गुमा भी साथ में है क्या गुमा मैंने किया इतना इतना धाम में अंधे को दिया सब कहे पर देने वाला तो अभी जीता है देने वाला तो जीता है वो नहीं बोलता है कि परमात्मा की प्रेरणा सही से बोलने के लिए बोल पहुंचा शुरू से हो रहा है अपने भीतर देखते हैं क्या तुम्हारा शब्द तुम्हारी भावना से मैच कर रहा है सम दृष्टिकाल के समि समि काल के देखो प्यारा नजरिया प्यारोलो किसको मैं नहीं आती है जो मैं मैं ना करे कितना भगवान जी मैं ऊपर है कितना दर्द है गुरु को कि अपनी मैं ऊपर उठ उप जाए कितना दर्द है हम मेरे का जो मैं मैं ना करे अपनी हस्ती जो गुरु को दे देगा तो वो वापस में हमको फिर शक्ति देगा देगा जो अपनी हस्ती गुरु को दे देगा, तो वो वापस में हमको शक्ति देगा हस्ती मिटाने से शक्ति मिलती है हस्ती मिटाने से शक्ति मिलती है जो जो अपनी हस्ती गुरु को दे देगा, तो गुरु हमको शक्ति देगा हस्ती मिटाने से शक्ति मिलती है अगर हस्ती ना मिटाए वापस में हम झुके नहीं तो फिर उठे कैसे मन को चुखाना है मन को नीमक करना है हस्ती को गवाना है हमको मिले हैं सत गुरु कितने नसीब से इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से यूना समित गरणों में आ करके हृदय से बंद भवमो से वना भवोति पाई गुरु शरण शर, शर। अभी हम झुकेंगे तो कोई गिरी हुई चीज उठाएगा ना अगर हम झुकेंगे तो कोई गिरी हुई चीज उठाएंगे ना ये सिर्फ भी, भी, भी, भी तो तेरी बेटी हूँ तो, तो तेरा पति हूं को को देते देते हैं। हैं। में को देते हैं। पर कभी ये बोला सत्य सत्य में तो, है, तो एक ही तो परमात्मा सब रूप में है कभी हमने को विचार दिया तो परमात्मा सब है तुम तो बोलेंगे मैं हूं। कोई अभी हस्ती में डाके मै ना रहे इधर भगवान है मैं कौन बाबा इधर भगवान है मैं कौन पर पर पर भगवान मैं तुम हैं सकते हैं। क्योंकि झुकना तुमको आता नहीं झुकेंगे तो कहा फिर उठेंगे जैसे सांप के सौ दो हैं एक बंधुआ तो दूसरा निकला दूसरा बंधुआ तो तीसरा निकला ऐसे ही तो मन का सांप उठ तो के खड़ा हो जाता था ही तो मन का उठने का ना कहां मैं निकल आती पर हमेशा के लिए इसको मैं ना करने का है कि पर हमेशा के लिए इसको मैं ना करने का है कि मैं, मैं, है कि मैं जो है सो सो है, है, है, जो जो पर तो तू समझते हैं भगवान पर तुम दूर समझते हैं भगवान पर भगवान नीर से नीर है। पर भगवान नीर से नीर है। ये की बात है ये की बात है। उसको तो तुमने दूर किया बोलते है बोलते हैं दूर है वो बोला उसको तुमने ही दूर किया है बोलते हैं भगवान दूर है बहुत तपस्या तो जैसी पड़ेगी मन को जबिल से मोड़ना पड़ेगा पड़ेगा जो अपनी कीर्ति में गया वो आगे चलते हुए दिखाएगा तपस्या तो, तो एक ही है तपस्या तो ज्ञान तो में एक ही है कि अपनी हस्ती को गा जितनी हम मस्ती गए उतना गुरु हमको देगा और ये मस्ती होगी हरिओम